वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई क्लास लेकर के आया हूं जो कि मैथमेटिक्स की है पिछली क्लास जिस किसी ने नहीं देखा हुआ है वह आई बटन के लिंक पर क्लिक करके देख सकता है आज का नया टॉपिक है घातान और करने जिससे रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा घातान तौर करने में कुछ फार्मूले जो कि फार्मूले में इस में में करे जाते हैं। हैं सबसे पहला हम जानते है है? क्या a a को m m तो m के रूप गुणा जाए तो गुणनफल का घात प्राप्त होगा, जिसको संकेत में a की पावर m से सूचित किया जाता है एग्जांपल में a की पावर m हमारा घातांक हो गया। एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है टू की पावर फोर का मतलब है टू हमारा बेस हो गया और फोर हमारा हो गया घातांक। अब हम यहां पे क्वेश्चन ले घातांक के, जो कि पावर मान लिया फाइव तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा टू थ्री या सिक्स जब घातान समान होंगे तो क्या होगा सिक्स की पावर फाइव ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन हो गया जब हमारे आधा घातान सेम होंगे पावर मल्टीप्लाई में अब देखिए किस तरीके से जुड़ेंगे मल्टीप्लाई पावर कोई भी एक एग्जांपल ले लिया हमने देखा आपने बेस बेस हमारा है है तो मतलब तीन, तीन, ये हो गया और आधा के तो अलग अलग टू इसमें ले, लिया, इस ले लिया। अब है, जब हमारा बेस पावर कितना आ गया फाइव इस तरीके से हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है S की पावर एम मतलब भाग में पावर घटती है अब देखेंगे हम किस तरीके से मान लिया फाइव की पावर सेवन डिवाइडेड बाई हमें फाइव अपनी आगे की फोर की पावर -2 तो तो इसको इसको हम हम किस तरीके से लिखेंगे? लिखेंगे 1 1 4 की पावर अब देखिए अभी हमने बताया तो कि आपको कितनी हो जाएगी तो तो इस इस तरीके तरीके से से अगर कोई भी क्वेश्चन में नोट होगा तो हमें करना क्या है माइनस में होगा तो इसे पलट लेंगे तो पावर प्लस में आ गया तो किया हमने गए under yeah. रूट के बाहर चल तो क्या करना है x की पावर टेन ब्रैकेट क्लोज वन अपन एक्स इज इक्वल टू एक्स अब हम इसका एक एग्जाम्पल आप तो आपको यहां पर सॉल्व करके दिखा रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा टू की पावर थ्री अब देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा टू की पावर थ्री जब इससे हम सोल्व करेंगे पावर वन इज इक्वल टू टू तो हमारा जो आंसर आ गया तो दो आ गया अब हम नेक्स्ट देखेंगे रूल अंडर रूप में एक्स वाई अंडर रूट के बाहर n अगर होगा तो किस तरीके से लिखेंगे अंडर रूप में x मल्टीप्लाई अंडर रूट में y दोनों को अलग कर देंगे अब जैसे कि हम ले रहे हैं यह हमारा इस तरीके से हो गया किस रूप में अब हम नेक्स्ट देखेंगे में y के बाहर होगा तो किस रूप में लिखेंगे किस अंडर रूप में चार बटे नौ अब हम इसे किस तरीके सॉल्व करेंगे किस रूप में से तोड़ेंगे तो क्या करेंगे अंडर अंडर में अब इसके पहले क्या लिखा हुआ है एंट। तो एंट हारा। थ्री है। है तो तो कितना इस तरीके से यह हो गया। नेक्स्ट के बाहर की पावर एन तो इसे जब करेंगे तो इस रूप में हो जाएगा अब हम इसका एग्जांपल इस आपको दिखा रहे हैं अंडर अब इस रूप में हो गया एग्जाम्पल अब इसको किस तरीके से सॉल्यूशन लाए थ्री अंडर रूप में पंद्रा। ये हमारे मोमेंट पर आपको सात सूत्र जो भी फार्मूले थे, थे।, थे इसके एग्जांपल आपको बता दिए अब जो से रिलेटेड इसके एग्जांपल मैंने आपको समझा दिए अब हम कुछ क्वेश्चन यहां पे लिए हुए हैं इनको आपको करके दिखाएंगे किस तरीके पावर है दो दुनी, दुनी, दुनी, दुनी, तो गए, second, है है। तो है, तो तो तो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर को को रूप रूप में में लिखना लिखना सबसे पहले हम फैक्टर दोनों छह तीन तीन सत्ताईस अंडर रूट को करणी रूप में लिखना तो अंडर रूट फाइव को अभी जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उसी फार्मूले से आपको करणी रूप में लिखना है तो मतलब टू होता है तो करणी के रूप में बटे दो हो जाएगा अब फोर नंबर देखेंगे पांच ट्वेंटी करणी रूप को खाता लिखा है उसी से होगा तो हो जाएगा 21 की पावर कितनी हो जाएगी 2 5 ये हमारा के रूप में क्वेश्चन नंबर रूप रूप रूप को में में हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव है तीन की पावर एक बटे आठ को करणी रूप में लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे की पावर एक बटे आठ को करी रूप में हम लिखेंगे रूट में थ्री रूट के बाहर आठ इस तरीके से हो गया अब क्वेश्चन नंबर सिक्स इसे सॉल्व करेंगे थ्री की पावर फाइव मल्टीप्लाई थ्री की पावर टू थ्री की पावर सेवन बटे थ्री की पावर फाइव अब इसमें क्या लिखा है सरल करें तथा उत्तर के में लिखें देखिए ये ये गया। क्या बचा मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है जुड़ तो मतलब जाएंगे टू प्लस सेवन बराबर तीन की पावर सात दो नौ तो ये हमारा आंसर आया रूप में इस तरीके से आज की क्लास घातम तो और करने से मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा ली गई क्लास आपको समझ में आई होगी अगर ये क्लास आपको सही लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक फॉर वॉच माई वीडियो